वेलकम टू आई टी आई चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं फिटर ट्रेड थ्योरी में फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ जो कि हेट ट्रीटमेंट से इसके पहले मैंने दो वीडियो करवा दिया हुआ है ट्रीटमेंट से आज हेट ट्रीटमेंट से तीसरी वीडियो जो कि केस हार्डनिंग से अब यहाँ पे समझेंगे केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या है केस हार्डनिंग प्रोसेस का मेन तात्पर्य है बाहरी सतह हार्ड करना तथा अंदर की सतह टप करना यह हमारी बाहरी सतह है और यह हमारी अंदर की सतह है बाहरी सता अंदर की सतरक्षा यह ने लोग लो कॉर्म स्की सॉफ्ट मटेरियल थी bah oh. तथा मुलायम रखी जाती है बाहरी सतह को हार्ड करना होता है नेक्स्ट अंदर की सतह तथा तक सॉफ्ट मुलायम होती है ये तो अब हम की भी कई विधियां हैं सबसे पहले कार्बोराइटिंग कार्बि का उपयोग है यह जो करी जाती है ये 800 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर यह किया चली जाती है बंद करके लकड़ी कोयला इत्यादि ईंधन का प्रयोग करके यह क्या की जा है प्रयोग में लाए जाते हैं यह तो हमारे कार्पोराइट के तीन पार्ट्स हो गए। अब आगे हम देखेंगे नाइट Next property is आगिए यह 1000°C पर कार्य करती है इसका टेंपरेचर होता है वो 550°C से 600°C पर रखा जाता है और इस क्रिया को तो करने पर इसकी जो ऊपरी परत होती है 0.3 से 0.5 mm तक हार्ड रखी जाती है इसमें जो टोटल समय लगता है वो 30 से 40 घंटे के लगता है इस क्रिया में नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन की परत चढ़ाई जाती है क्रिया ब्रिटेन का भूम होती है nitrogen Es que इंडेक्शन हार्डने की क्या प्रॉपर्टीज़ है इसका भी कार्य क्या होता है बाहरी सतह को हार्ड करना नहीं इसका पॉइंट सरफेस में स्केल नहीं बनते हैं अब हम देखेंगे कि कितने टेंपरेचर पर की जाती है ये मीडियम कार्बनिक इस स्टील पर यह किया की कि जाती है जिसका टेंपरेचर होता है तेईस डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह किया करी कि जाती है इसे बहुत तेज़ी से धंधा करते हैं उपस्थिति होती है